नमस्कार दर्शकों आप सभी का स्वागत है आपके चैनल इस पे उनके लिए शुभ अंक क्या है शुभ रंग क्या है कौन से ऐसे नामाक्षर से आपको विशेष सावधानी आज बरतनी है और सभी के लिए शुभ उपाय क्या है बारी बारी से हर एक विषय पर चर्चा करेंगे आगे बढ़े उससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि अभी तक यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए बगल में बना बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि हमारी सारी नोटिफिकेशन बिना किसी बाधा के आप तक की पहुंचती रहे और तमाम ज्ञानवर्धक जो हमारी वीडियो है वो भी आप तक की पहुंचे तो दर्शकों अधिक समय ना लेते हुए चलिए हम चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं आज के पंचांग पर दृष्टि डाल लेते हैं तो जो आज का पंचांग है आज विक्रम संबद्ध दो हजार पचहत्तर सख संबत्त शुक्ल पक्ष श्रावण मास वर्षा ऋतु और आज जो है दर्शकों साढ़े आठ बजे तक की द्वितीय तिथि है इसके बाद फिर लग जाएगी। और परिघ योग आज जो है सुबह तीन बज के बावन मिनट पर रहेगा इसके उपरांत शिव योग लग जाएगा चंद्रमा का गोचर आज सिंह राशि में रहेगा सूर्योदय की यदि आज हम बात करें तो सूर्योदय होगा प्रातः पांच 50 मिनट पर सूर्यास्त होगा शाम को उन्नीस बजकर 1 मिनट पर हमारा ये जो पंचांग है ये भारत की राजधानी नई दिल्ली को मानक मान करके बनाया गया है, है। चलिए राहुकाल की हम बात कर लेते हैं कि इस दौरान राहुकाल एक ऐसा काल एक ऐसा समय होता है कि इसमें शुभ कार्यो को नहीं करना चाहिए तो राहुकाल प्रातः सात बजकर इकतीस मिनट से नौ बजकर नौ मिनट तक की रहेगा अब आप पूछेंगे साहब आपने तो बता दिया कि शुभ काम मत करिए शुभ काम करें तो कब करें तो चलिए शुभ काम के लिए आज हम अमृतकाल का मुहूर्त बताए दे रहे हैं दोपहर एक बजकर बाईस मिनट से चौदह बजकर उनचास मिनट तक की अमृतकाल का समय रहेगा और एक विजय मुहूर्त पड़ता है अभिजीत मुहूर्त कह लीजिए ग्यारह बजकर ग्यारह बजकर उनसठ मिनट से बारह बजकर इक्यावन मिनट तक की अभिजीत मुहूर्त रहेगा और जी हाँ दिशाशूल की यदि आज हम बात कर लेते हैं तो आज पूर्व दिशा की ओर यात्रा नहीं करनी चाहिए यदि बहुत बहुत ही खास हो, बहुत ही खास आवश्यक है तब आप दर्पण को देखकर और कुछ थोड़ा सा मीठा खा लीजिएगा तब यात्रा करिएगा आपकी वो यात्रा सफल होगी दर्शकों जो द्वितीय तिथि थी हमने कल इसके बारे में आपको बताया था कि द्वितीय तिथि को जो है कटेरी का कटहल का सेवन नहीं करना चाहिए इसी प्रकार आज जो तृतीय तिथि है तृतीय तिथि में नमक का सेवन करना और नमक का दान करना दोनों ही आपके लिए बहुत हानिकारक हो सकता है तो नमक का त्याज इस दिन बताया जाता है द्वितीय तिथि सुमंगला और कार्य सिद्धिकारी तिथि मानी जाती है द्वितीय तिथि के स्वामी भी हमने कल आपको बताया था कि ब्रह्मा जी हैं भद्रा नाम से भी तिथि को विख्यात कहते हैं और आज की यदि हम बात करें तो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों में यह तिथि बहुत शुभ रहती है विशेष प्रभावकारी रहती है चलिए दर्शकों मेष राशि की बात कर लेते हैं तो मेष राशि के लिए हमारा आज का राशिफल राशि भविष्य क्या कहती है तो आज आगे बढ़ने के कम कई आपको मौके अपॉर्चुनिटी मिलती हुई नजर आएगी आज ग्रह गोचर और आपका भाग्य बहुत ही प्रबल रहेगा चूँकि गोचर कुंडली में चंद्रमा का गोचर आज आपकी जो है राशि से पंचम भाव में रहेगा सिंह राशि में गोचर करेगा तो आज आपको काफ़ी कुछ लाभ होता हुआ दिख रहा है संतान पक्ष से भी आपको आज विशेष लाभ होगा अच्छा लाभ होगा उनकी जो है जो पढ़ाई है शिक्षा है उसको लेकर भी जो अभी तक आपके मन में चिंता थी ये भी दूर होती हुई नजर आ रही है इसके साथ सा, साथ आपका मान सम्मान ऑफिस में आपका यश बहुत ही अच्छा रहेगा और बहुत ही ज़्यादा आज जो है आपको लाभ मिलता हुआ नजर आएगा घूमने फिरने के लिए कुल मिलाकर के आज अच्छा समय है आज, आज आप कुछ नया करके और आगे बढ़ने के लिए खुद को समय दे कोशिश करिए पुषअप करिए पुषअप मतलब कुछ आप थोड़ा सा प्रयत्न करेंगे तो पुषअप अपने आप लग जाएगा आपका भाग्य आपको बहुत आगे बढ़ा देगा इसके साथ साथ आज तबादले का भी योग बन रहा है हो सकता है कि स्थान परिवर्तन भी आज, आज आपका हो तो फैसला करने में कोई जल्दबाजी नहीं लेना है मेष राशि के हमारे दर्शकों को और किसी के साथ आज उलझिएगा नहीं करना क्या है आज आपको देखिए सबसे पहले तो संभव होगा तो हेल्थी फूड्स अंकुरित अनाज का आपको सेवन करना रहेगा बैलेंस डाइट आपको रखना रहेगा संतुलित आहार का सेवन करिए ड्राई ये जंक फूड से आज आपको बचना है और इसके साथ साथ आज जो है कहीं घूमने फिरने के लिए यदि आप जा रहे हैं तो बहुत ही ज्यादा आज कष्टकारी समय रहेगा तो मेष राशि के जो हमारे जातक हैं इनके लिए शुभ कलर की यदि आज हम बात करते हैं तो रेड कलर शुभ कलर रहेगा शुभ अंक की बात करें तो अंक एक आपका शुभ अंक रहेगा और यू नाम आर नाम के लोगों से बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है बहुत ही बचने की जरूरत रहेगी जो मेष राशि के जातक है ये आज भगवान भोलेनाथ पर दूध से अभिषेक कर सकते हैं अच्छे फल की प्राप्ति होगी शुभ फलों की प्राप्ति होती हुई नजर आ रही है की हम बात करें। तो स्थितियों में आज बदलाव आ सकता है साथ काम करने वालों को आज मदद मिलेगी आगे बढ़ने की आज कोशिश करिए तो बहुत ही अच्छा रहेगा यात्राओं का योग रहेगा आज आप कई टास्क निपटाते नजर आएंगे कई चुनौतियों का सामना आज आपके सामने करना पड़ेगा इसके साथ साथ आज कोई नई बात आज आपको समझ में आ सकती है आपके साथ कुछ ना कुछ अच्छा होगा सीखने का मिजाज बनाए रखिएगा उच्चाधिकारियों से आज, आज आपको सहयोग अच्छा मिलेगा मानसिक अस्थिरता के कारण कुछ परेशान हो सकते हैं भावनात्मक तौर पर कमजोरी या खालीपन जैसा महसूस होगा पैसों की कमी महसूस होगी निवेश के लिहाज से दिन अच्छा नहीं है सावधान रहे आज जिससे अपने काम बिगाड़ सकते हैं इससे आपको कहीं कुछ ना कुछ नुकसान भी हो सकता है करना क्या है आज देखिए पान का पत्ता लीजिएगा उस पर सुपारी और लौंग रख लीजिएगा और वो आपको गणपति भगवान को आज चढ़ाना रहेगा वृषभ राशि के जात को आपका जो शुभ कलर है तो कोरल ब्लू कलर आपका शुभ कलर रहेगा आपको जी नाम एम नाम और के नाम के लोगों से बहुत ही अलर्ट रहना है और अंक सात आपका शुभ अंक है जेमिनी मिथुन राशि मिथुन राशि पर आगे बढ़े उससे पहले देखिए हमारे कुछ दर्शक जो है कमेंट कर रहे हैं तो सभी लोगों को हमारा बहुत बहुत नमस्कार बहुत बहुत आप लोगों का स्वागत है और आप लोग हमको जो है उम्मीद है कि हमारे बताए हुए आप उपाय कर रहे होंगे इसी में से एक रूप शर्मा जी है इन्होंने लिखा जय श्री राम तो रूप जी जय श्री राम और पारुल जी लिखते हैं श्री राम गुरुवार जी जी श्री राम चलिए राशिफल पर बढ़ते हैं मिथुन राशि की ओर बढ़ते हैं तो आज आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा आपका ग्राफ काफी अपर रहेगा इसके साथ साथ आज आसपास के लोग आपसे प्रभावित होते हुए नजर आएंगे पुरानी टेंशन खत्म होती हुई नजर आ रही है क्योंकि आज जो चंद्रमा है ये पराक्रम भाव में आपके बैठा रहेगा तो आज भाग्य भाव को भी देख रहा है तो कुल मिलाकर के किस्मत का बहुत फायदा आपको मिलता हुआ नजर आएगा भाग्य भाव में बैठा है तो ओ पराक्रम भाव में बैठा भाग भाव पर इसकी दृष्टि जा रही है तो भाग्य से रिलेटेड आपको सारे काम होते हुए सिद्ध होते हुए नजर आएंगे अभिष्ट कार्यों की आज आपके सिद्धि होगी यदि अभी तक आपने किसी को पैसा वगैरह दे रखा होगा तो हो सकता है कि आज थोड़े से ही प्रयासों से आपको वो मिल जाए और सकारात्मक रहिएगा का, कामयाब होने के योग आ रहे हैं खुद के लिए आज खरीदारी हो सकती है मिथुन राष्ट्र जो हमारे जहा तक देख रहे हैं काफी सक्रिय रहेंगे दोस्तों और भाइयों से आज अचानक सहयोग भी प्राप्त होता हुआ भागीदारी में आपके द्वारा लिए सकती है, किया गया काम फिर से करना सकता है आज आसपास के लोगों से कुछ आपकी शिकायतें रहेंगी तो इनको आप दूर करिएगा कुछ तमाम बातें जो है दिन भर की मेहनत जो है ये आज आप कुछ ज्यादा करनी पड़ेगी दिनचर्या कुल मिलाकर के आज भरा रहने वाला है वहीं पर भाई बहनों से आज, आज आपको सहयोग प्राप्त होगा जीवन साथी के साथ संबंध बहुत ही अच्छे मधुर रहेंगे करना क्या है सर्वश्रेष्ठ रहेगा कोशिश कीजिएगा गरीब लोगों को आज, आज आपको गुड़ देना है और पिंक कलर आपका शुभ कलर है अंक तीन आपका शुभ अंक है एन नाम के नाम और पी नाम के लोगों से बहुत ही सावधान रहने की आवश्यकता है चलिए कर्क राशि की ओर बढ़ते हैं कर्क जातकों के कर कर जातकों दोस्तों और परिवार वालों से आज सहयोग प्राप्त होता हुआ नजर आएगा रुका हुआ पैसा कुछ मिल सकता है बुद्धि और मीठीवाड़ी से आज आसपास वालों का दिल जीत सकते हैं दुश्मनों पर आज आपको विजय प्राप्त होगी आज आप सही समय पर सही जगह सही डिसीजन लेते हुए नजर आएंगे इस कारण उच्चाधिकारी आज आपसे बहुत प्रसन्न रहेंगे यात्राओं का योग बन रहा है कोई भी कार्य करिएगा पूरे मनोयोग से करिएगा पूरी ताकत होती हुई दिख रही है धन संबंधी तमाम मामले में आज आप विजय प्राप्त होते हुए करते हुए नजर आ रहे हैं इसके साथ परिवार में भी अच्छा सहयोग मिलेगा वही पर जीवन साथी के साथ संबंध बहुत मधुर रहेंगे अविवाहित लोगों के लिए कोई नया विवाह का प्रस्ताव आज मिलता हुआ नजर आ रहा है आज आपको पीपल के वृक्ष में थोड़ा सा दूध चढ़ाना रहेगा छोटा सा ही उपाय कर लीजिएगा आपके लिए आज वाइट कलर शुभ कलर रहेगा अंक 9 आपका शुभ अंक रहेगा आपको सी नाम और ई नाम के लोगों से विशेष सावधानी बरतने की जरूरी जरूरत है लियो सिंह राशि आज का राशिफल राशि भविष्य क्या कहती है तो कोर्ट कचहरी से जो जुड़े हुए मामले हैं वो आज निपटते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि चं, चंद्रमा का गोचर आज आज आपकी ही ही राशि में में रहेगा। इसके साथ-साथ ज्यादातर मामलों में आज आपके लिए दिन बहुत ही अच्छा रहने वाला है, और ऐसी घटनाएं होंगी ऐसे प्रभावशाली व्यक्तित्व से आज आपकी मुलाकात होगी कि जिनके मिलने के बाद से आपके कार्यों की सिद्धि होगी वो व्यक्ति आपके जीवन में कुछ नया बदलाव लेकर आएगा चंद्रमा के प्रभाव से कुल मिलाकर के जीवन साथी के साथ संबंध भी आज आपका बहुत मधुर रहेगा व्यवहार कुशलता और सहन से आज, आज आपको काम लेना चाहिए चीजें सुलझ जाएंगी और अचानक धन लाभ होने के योग बन रहे हैं रुका हुआ धन भी आज, आज आपको मिलेगा एग्जाम की यदि कोई तैयारी कर रहा है और कोई रिजल्ट उनका पेंडिंग है तो आपके पक्ष में बहुत हद तक सितारे ये कहते हैं कि वो रिजल्ट आपके पक्ष में आपके फेवर में रहे देखिए बिनय जी लिखते हैं प्रणाम गुरु तो बिनय जी नमस्कार आपका स्वागत है और जीवन साथी की साथ भावनाओं का आज आपको बहुत सम्मान करना रहेगा अन्यथा फिर वही है रहमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गाँट पड़ जाए तो ये गांठ नहीं डालनी है बातचीत से रिश्ते अच्छे रखिएगा नौकरी वालों के लिए आज थोड़ी सी हो सकता है परेशानी का विषय हो तो भाषा पर अपने संयम रखिएगा नियंत्रण रखिएगा स्वस्थ भाषा का स्वस्थ सब का प्रयोग आज आपको करना रहेगा चलिए करना क्या है आज भगवान भोलेनाथ पर जल में एक चुटकी झोली आपको डाल करके चढ़ाना रहेगा रुद्राष्टक के पाठ से रेड कलर शुभ कलर है अंक पांच आपका शुभ अंक है और जी नाम एम नाम और ई नाम के लोगों से आज आपको विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है कन्या राशि की ओर बात करते हैं तो कन्या राशि के जात पार्टनर अच्छा आज आज यात्राओं होने का पूरा पूरा योग बन रहा है विदेश से किसी शुभ समाचार की प्राप्ति होगी हो सकता है की आज कुछ हानि आप उठा ले व्यापार में तो इससे आज आपको बहुत बचना रहेगा दूर के स्थान के लोगों से संबंध आज आपके बहुत मधुर होते हुए नजर आएंगे आज आपके सामने कामकाज बहुत ज्यादा रहेगी और थकान भी हो सकती है इसके साथ साथ हाँ आपके संतान के स्वास्थ्य पर आज आपको विशेष ध्यान रखना रहेगा उनका स्वास्थ्य कुछ जो है बच्चे का बालक का स्वास्थ्य आपके जो है उतार चढ़ाव भरा रहेगा तो ऑफिस में तनावपूर्ण स्थिति कुछ बन सकती है इससे आप बचिएगा और यहाँ पर आज स्थान परिवर्तन का भी योग बन रहा कोर्ट कचहरी के मामलों में कुल मिलाकर आज, आज आपको सफलता मिलती हुई नजर आएगी तो कन्या राशि के जात को आज करना क्या है आज पीपल के वृक्ष पर आपको पीले चंदन से स्वास्तिक बनाना रहेगा स्वास्तिक बना लीजिएगा पीले चंदन से रिंग फिंगर का अपने ये जो होती है इसको रिंग फिंगर बोलते हैं इसका प्रयोग करके तब स्वास्तिक बनाइएगा और आपके लिए ग्रीन कलर बहुत शुभ कलर रहने वाला है अंक छे आपका शुभ अंक रहेगा और हाँ आर नाम और के जो विकल्प आज आप सोच रहे हैं तो उसमें आज कुछ नया निवेश करते हुए आप नजर आएंगे उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी हो सकता है कि पूर्व में किए गए निवेशों से भी आज, आज आपको अच्छा धन लाभ प्राप्त हो और आपके किए गए कार्यो का आज मेहनत का का फल आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा ऑफिस या बिजनेस में नई पहल करने का अच्छा समय है है और सामाजिक क्षेत्र में प्रगति हो सकती है। आगे बढ़ने का अच्छा मौका आज आपको मिल सकता है प्रॉपर्टी से आज फायदा अधिक हो सकता है पारिवारिक समस्याओं का समाधान होगा कानूनी मामले आज आसानी से निपटते हुए नजर आएंगे आज कुछ आलस्य आपके ऊपर हावी रहेगा काम में मन नहीं लगेगा इससे आपको बचना रहेगा कोई बहुत बड़ा फैसला फैसला लेने से आज, आज आपको बचना रहेगा कंफ्यूजन आज हो सकती है नकारात्मक विचारों से आज, आज, आज आप लड़ते रहेंगे घर या ऑफिस के बाहर आज कुछ तनावपूर्ण स्थिति बन सकती है कुल मिलाकर के किसी के लड़ाई झगड़े में आज, आज, आज आपको पढ़ना नहीं है तो क्या आज आपको जो है उपाय क्या करना चाहिए उपाय के तौर पर यहाँ पर सबसे पहले तो गायत्री मंत्र की एक माला आज आप जाप कर लीजिएगा दूसरा आज कार्य क्षेत्र पर निकलने से पहले दर्पण देखकर तब निकलिएगा सीसा देखकर तब निकलिएगा ऑरेंज कलर कलर आपका आपका शुभ शुभ है, है। अंक आपका अंक आर आर, नाम, जी नाम, टी नाम। आर जी जी, टी टी। इतने नाम की स्पेलिंग जो है जिनसे शुरू होती है विशेषकर इनसे बहुत सावधान रहिएगा कुछ पैसा वैसा यदि मांगते हैं तो इनको आज आपको धन नहीं देना है तो तुला राशि आपका तो राशिफल हो गया अब बढ़ते हैं अपनी अगली राशि स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि राशि आज का राशिफल भविष्य क्या कहती है तो देखिए आप लोग फटाफट लाइक कीजिए और फेसबुक पेज पे एस्ट्रो का फेसबुक पेज बना हुआ है उस पर जाकर के उस पेज को आप लोग लाइक कीजिए तमाम पोस्टें उस पर पढ़ती है आपके ज्ञानार्जन के लिए जाकर देखिए और लाभ लीजिए वृश्चिक राशि की बात करते हैं तो चूंकि आज आपके जो है चंद्रमा का गोचर जो रहेगा कर्म के भाव में रहेगा और कर्म के भाव में गोचर रहने से ये रहेगा कि यदि अभी तक आप बेरोजगार हैं आपको रोजगार नहीं मिला है तो रोजगार नए रोजगार का सृजन होता हुआ नजर आएगा और जिनसे भी आपके पैसे की बकायेदारी है तो आज आपको पैसा धन मिलता हुआ दिख रहा है आज आप कार्यक्षेत्र ऑफिस से जुड़ी योजनाएं पूरी कर सकते हैं ऑफिस और बिजनेस में आज आपके लिए बहुत बड़े सौदे और फायदे होने का योग है कुछ बेचैनी आपके मन में हो सकती है इससे आज आपको सावधान रहना रहेगा वहीं माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा आज आपको अलर्ट रहने की जरूरत है वाहन बहुत सावधानी पूर्वक आज आपको चलाना है दोस्तों या आसपास के लोगों के ऊपर आज आपका खर्च बढ़ता हुआ नजर आएगा इसके साथ साथ, साथ, साथ सचिन त्रिपाठी जी आ गए हैं सादर बड़े सादर सचिन जी बहुत बहुत नमस्कार बहुत बहुत राम राम ईश्वर आपका कल्याण करे आज वृश्चिक राशि के जो जात जात है अविवाहित लोगों के लिए विवाह का प्रस्ताव भी यहाँ पर देखे, मिलता हुआ दिख रहा है इसके साथ साथ किसी तरीके की कि निवेश की योजना यदि आप बनाना चाहते हैं तो आप निवेश कर सकते हैं पार्टनरशिप में थोड़ा सा सावधानी आज रखिएगा निवेश के मामलों में खास करके उपाय आपको क्या करना है उपाय के तौर पर वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहेंगे कि धन लाभ के लिए बहुत बड़ा उपाय है नोट कर लीजिए और भी जो लोग करना चाहते हैं वो ये उपाय कर सकते हैं कोई इस पर वृश्चिक राशि की आधिपत्य नहीं है जितने लोग देख रहे हैं लगभग चौंतीस पैंतीस लोग देख रहे हैं तो ये उपाय आप लोग नोट कर लीजिए बहुत अच्छा उपाय है गंगा जल में थोड़ा सा केसर ले लीजिएगा चंदन ले लीजिएगा और हल्दी ले लीजिएगा इन सबको बहुत अच्छे से मिक्स कर दीजिएगा और जो आपकी अलमारी है उस पर आप स्वास्तिक बना दीजिएगा स्वास्तिक बनाइएगा और स्वास्तिक बनाने के बाद श्रीम जरूर लिख दीजिएगा श्रीम लक्ष्मी का बीज मंत्र इतना करिएगा देखिए कैसे बरकत आपके घर में आती है जहां पर आप धन लग सकते हैं जो भी आपकी गल्ला हो तिजोरी हो दुकान पे भी आप काम कर सकते हैं ये काम आप अलमारी पे पर वृश्चिक जाता आज ये आप लोग खासकर करें तो ठीक रहेगा और जल का अधिक से अधिक आपको सेवन करना रहेगा चांदी के गिलास में ये हम अपने पीने के लिए नहीं बता रहे हैं जितना ज्यादा आप चांदी के गिलास में जल पियेंगे आपके अंदर उतनी ज्यादा एनर्जी रहेगी और जो चांदी के गुड़ होते हैं ये आपके बॉडी में शरीर में पहुंचेंगे शुभ कलर की चलिए हम बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए तो आज के लिए आपके लिए रेड कलर शुभ कलर रहेगा अंकाठ आपका शुभ अंक रहेगा पी नाम सी नाम और जी नाम पी सी जी इन नेम की स्पेलिंग वालों को आज आपको पैसा नहीं देना है बच के रहना है देखिये निधि जी आ गई हैं निधि जी स्वागत है आपका इस चैनल पर और आशीष यादव प्रणाम सर आप लखनऊ कब आ रहे हैं सर हम 30 अगस्त तक ज्वाइन कर लेंगे ग्राम विकास अधिकारी में हमने आपको फ़ोन किया था आप बाराबंकी में थे आशीष यादव जी ठीक है ज्वाइन कर लेंगे बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं आप कार्यालय के नंबर पर फ़ोन कर लीजिएगा भागीरथ श्रृंखला में आपका स्वागत है आप आ सकते हैं देखिए ये यूट्यूब से ही हमको मिले हैं तो तमाम लोग जो है मिलते हैं सक्सेस होते रहते हैं आशीष यादव जी तो आप आइए शिवम जी फ़ोन लेंगे आप मिल सकते हैं और भागीरथ श्रृंखला में जो है एक हमारे नए भागीरथ देखिए जुड़ गए हैं आशीष यादव जी तो आप सभी लोग इनका अभिनंदन करिए 30 अगस्त तक ये ज्वाइन करेंगे इस समय हम बाराबंकी में ही हैं आशीष यादव जी यदि आपको मिलना है तो आप किसी भी समय आ सकते हैं बस आपको जो है सत्रह से पहले आना है क्योंकि सत्रह को हम दिल्ली निकल जाएंगे अठारह उन्नीस दिल्ली में ही रहेंगे यदि आप दिल्ली में रह रहे हैं तो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं तो इतना रहेगा आशीष जी चलिए धनु राशि की ओर बातें बढ़ते आज का राशिफल क्या कहता है अचानक आपको कोई अच्छी खबर और गुड न्यूज मिलती हुई नजर आएगी ससुराल पक्ष से आज आप बहुत ही लोगों के के आकर्षण का केंद्र बने हुए नजर आएंगे किस्मत भाव में चंद्रमा का गोचर आपके लिए बहुत कुछ लेकर आया है आज ज्यादातर काम आपके पूर्ण होते हुए नजर आएंगे पुराने दोस्त या किसी चाहने वालों से मुलाकात हो सकती है कुछ ऐसी बातें ऐसी चीजें आपके सामने आएंगी जो आने वाले दिनों में बड़ा लाभ कर सकती है इसके साथ साथ किसी के साथ यदि अनबन चली आ रही है, तो उनसे होता हुआ नजर आएगा। कोशिश कीजिएगा की स्त्रियों की इज्जत करिएगा महिलाओं की इज्जत करिएगा जीवन साथी के साथ कुछ बात विवाद का योग बन रहा है इसीलिए हमने ये इस चीज आपको पहले बता दी है आज बिन मांगे किसी को आपको सलाह देने से बचना है और हाँ स्वास्थ्य का आज आपको विशेष ध्यान रखना रहेगा कुछ इन्फेक्शन टाइप का होने का डर है और खासकर पेटों से रिलेटेड मामलों में आपको इन्फेक्शन हो सकता है आपके लिए उपाय बता देते हैं आपको उपाय क्या करना है आज सौफ जितना अधिक इसका सेवन कर सकते हैं कर लीजिएगा दूसरा आज गणेश जी पर जो है दुर्वा आपको चढ़ाना है ग्यारह दूरबा इक्कीस दूरबा इक्यावन दूर 101 सौ जितनी दूर आप ले सकते हैं ये आपको चढ़ाना रहेगा और येलो कलर आपका लोगों से आज विशेष सावधानी आपको रखनी है कैप्टी कॉन मकर राशि आज का राशिफल राशि भविष्य क्या कहती है तो मकर राशि के जातको आज कहीं से आपको कुछ निवेश के लिए जो है ऑफर आएगा वहां पर आप निवेश कर सकते हैं अपनी प्लानिंग गुप्त रखेंगे तो बहुत दूर तक जाएंगे सफल होंगे आज सोचे हुए ज्यादातर कार्य आपके पूर्ण होते हुए नजर आएंगे सोच समझकर निवेश करिएगा पार्टनरशिप से आज, आज आपको बचना रहेगा आज नकारात्मक चीज़ों से भी आपको बचना है अन्यथा तनाव बढ़ सकती है दोस्तों और भाइयों की मदद आज, आज आपको बहुत अच्छा नहीं मिलेगा तो हो सकता है मन में कुछ आपको पीड़ा हो कुछ दर्द हो कि अरे ये तो अपने हैं अपने भाई है ऐसा कैसे करती है शुगर की शिकायत हो सकती है सुगर लेवल आपका डाउन हो सकता है तो अपने जो है ब्लड की जांच करा लीजिएगा स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है आज नकारात्मक बातों से मानसिक तनाव आपका बढ़ता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों और भाइयों की मदद आज आपको मैंने बताया मिल नहीं पाएगी और पैसा आज लॉस होने के चांसेस बन रहे हैं तो किसी को उधार नहीं देना है खास करके टी नाम क्यू नाम और पी नाम के लोगों को तो बिल्कुल ही पैसा उधार मत दीजिएगा करना क्या है आज आपको आज गाय को मीठा चावल चावल उबार लीजिएगा और चीनी उसमें मिक्स करके आपको गाय को देना है खाने को धन संबंधी मामलों में बहुत ही ज्यादा आज आपको इस उपाय को करने से लाभ मिलेगा और हाँ उपाय हमने आपको बता दिया है शुभ कलर की बात करते हैं कैप्रिकॉन वालों को तो ब्राउन कलर आपका शुभ कलर है शुभ अंक की बात करते हैं तो अंक आठ आपका शुभ अंक है और हमने आपको जो है स्पेलिंग बता ही दी। एक के और बिजनेस व्यापार से धन लाभ होने का अच्छा योग दिख रहा है किस्मत का पूरा पूरा साथ आज, आज आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है कई सवालों के आज, आज आपको चाहे जो अभी तक आपके मन में बेचैनी थी वो आपको जो है जवाब मिलते हुए नजर आएंगे कंफ्यूजन की स्थिति खत्म होगी किसी बात पर मायूस मत होइएगा महत्वपूर्ण काम निपट जाएंगे कोई बहुत बड़ा आज आपको लाभ होता हुआ दिख रहा है खर्चा बढ़ सकता है आय कम होगी खर्च बहुत ज्यादा रहेगा मन में हल्की बेचैनी हो सकती है घर और कार्य क्षेत्र तो दोनों जगह परेशानी का माहौल कुछ बन सकता है दोस्तों पर आज कुछ फालतू खर्च करते हुए आप नजर आएंगे तो अविवाहित लोगों के लिए देखिए दिन सुबह प्रेम का प्रस्ताव ये देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं आज आपको उपाय क्या करना है उपाय के रूप में आज दुर्गा सप्तशती का सिद्ध कुंजिका स्त्रोत इस इसका आज आपको पाठ करना है ब्लैक कलर शुभ कलर और नंबर अंक आठ शुभ अंक क्यू नाम ए नाम एम नाम, नाम, नाम और एल नाम के लोगों से विशेष सावधानी रखना है अंतिम राशि की ओर बढ़ते हैं मीन राशि तो क्या कहता है आज का राशिफल राशि भविष्य प्रॉपर्टी के कामों से आज आपको धन लाभ होता हुआ दिख रहा है बैंकिंग सेक्टर से जुड़े लोगों के लिए बहुत ही अच्छा और लाभकारी दिन है आज, आज आप पूरे जोश में रहेंगे और अपनी बुद्धि का बहुत ज्यादा उपयोग करते हुए नजर आएंगे दिन अच्छा इधर से काम लीजिएगा पेशेंस से काम लीजिएगा नकारात्मक विचारों से आज दूर रहेंगे तो बहुत अच्छा है प्रातः काल से यात्राओं की स्थिति बन रही है और यात्राओं से आज आपको लाभ होगा उच्चाधिकारियों से आज आपका सहयोग बहुत अच्छा रहेगा आज दोस्तों के साथ समय बीतेगा मनपसंद भोजन भी आज आप करते हुए नजर आएंगे अविवाहित लोगों को प्रेम का प्रस्ताव मिलेगा क्योंकि गोचर कुंडली से आज छठे भाव में चंद्रमा होने से कुछ पुराने शत्रुओं से आज आपका सामना हो सकता है आपकी थोड़ी सी लापरवाही के कारण विवाद भी हो सकती है आज आपको थोड़ा सावधान रहना होगा हर काम किसी पर पूरी तरीके से डिपेंड होकर ना करें तो अच्छा रहेगा पार्टनर की सेहत पर आज आपको ध्यान देना है आपको थोड़ी भाग करनी पड़ सकती है करना क्या है देखिए भोले शंकर पर आज आपको जल से अभिषेक करना रहेगा और दूध का दान भैरव मंदिर में आज करना है ये दो उपाय आज आप कर लीजिएगा शुभ कलर की बात करें तो आपके लिए रेड कलर शुभ कलर रहेगा शुभ अंक की बात करें तो अंक पाँच शुभ अंक रहेगा आपको टी नाम बी नाम के नाम और एन नाम के लोगों से बहुत ही विशेष तौर पर सावधानी रखने की आवश्यकता है तो ये तो था दर्शकों हमारा राशि मेष से लेकर मीन राशि तक की अब चलिए दर्शकों एक चीज और बताए देते हैं कि सोमवार के दिन श्रावण मास चल रहा है श्रावण मास स्पेशल हमारा ये पूरा एक माह रहेगा कि भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर रहे। तो नोट कर लीजिएगा कॉपी पेन लेके बैठ जाइए आज के दिन आपको करना क्या है कि भगवान शिव को कच्चा दूध सहित काला तिल बिल पत्र और शमी पत्र से पूजन करना चाहिए किसी भी प्रकार का रोग नहीं आएगा पूजन करने से आपको लक्ष्मी की प्राप्ति होगी इसमें हमने जो है है शहद का का प्रयोग करवा दिया है। काला तिल आपके शत्रों का दमन करेगा दूध से बच्चे के जो है आपके परिवार में जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए बहुत लाभकारी रहेगा बिल्कुल पत्र और शमी पत्र से भगवान भोलेनाथ की आपकी कृपा बनी रहेगी तो ये तो उपाय दर्शकों आप लोगों को करना है चलिए दर्शकों ये तो था हमारा राशिफल और अभी तक देखिए आप लोग हमारे फेसबुक पेज पर जाके लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज उसको लाइक करिए और उसको शेयर करिए और इस वीडियो को दर्शकों जमकर लाइक कीजिए जमकर शेयर करिए एक छोटा सा क्वेश्चन चलिए आप लोगों से पूछ देते हैं पूछते हैं और ये जो है ज्ञान से संबंधित क्वेश्चन है देखते हैं आप लोगों को कितना आता है चलिए भगवान श्री कृष्ण जी के बड़े भाई का क्या नाम है ये आप बता दीजिए कमेंट के माध्यम से देखते हैं कितने लोगों को सही जानकारी है तो दर्शकों दीजिए अपने जोशी को इजाजत मिलती है अपने नए वीडियो में तब तक, तक के लिए नमस्कार आपका दिन शुभ हो